सिंगरौली में फिरौती के लिए कुछ दोस्तों ने ही दोस्त का अपहरण कर हत्या कर दी 18 अगस्त को युवक की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसके बाद पुलिस युवक की तलाश में जुट गई थी फिलहाल आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि सत्रह अगस्त की दोपहर से अपने परिचित साथी के साथ गायब नहीं तो को दिया जाएगा। घटना से घबराए पिता ने विन्द नगर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करायी जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई जानकारी मिलने पर पुलिस टीम सूरजपुर छत्तीसगढ़ के झंझनकुंड जंगल के पास पहुंची जहां पूरे दिन मशक्कत के बाद पता युवक के शव को हजार फीट नीचे से बरामद किया गया पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और तीनों के खिलाफ धारा तीन सौ तिरसठ 302 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है उन्नीस तारीख को सुबह जो बच्चा रियाज अरमान पिताजी के पास फोन आता है कि आपका बच्चा हमारी कस्टडी में है, और 10 लाख रुपए लेके आप आ जाओ नहीं तो आपके बच्चे को मार के ये उनने पुलिस थाने में शहर में जितने भी सीसीटीवी कैमरे है उनके फुटेजेस देखे गए बच्चे के और उनके जो परिजन है उनके जो दोस्त है उनके साइबर सेल के माध्यम से उनके पूरे रिकॉर्ड खंगाले गए और इसमें उसका एक दोस्त है श्याम कीर्ति नाम श्याम कार्तिक नाम उसपे संदेह गया और उसको बुला करके हम लोगों ने जब पूछताछ किया और उसको सारे एविडेंसेज हमने बताए तो वो टूट गया और उसने ये बताया कि अरमान काफी पैसा खर्च करता था विगत समय में उसने नई मोटरसाइकिल खरीदी मोबाइल खरीदा और महंगे महंगे शौक थे इसके और इसने इससे एक कट्टा भी दिलवाने के लिए रिक्वेस्ट किया ये सब चीजें देख के इसने सोचा कि और एक अंग्रेज है उनके साथ मिलकर के इसने प्लानिंग की और इसको बांक ले गए जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है सूरजपुर थाना लगता है इसमें और वहां ले जा करके इससे सारा सामान छुड़ा लिया लूट लिया और जब इन्हें लगा कि अभी हमें अगर हम इसको जिंदा छोड़ देंगे तो हमें फंसा देगा तो फिर वो लोगों ने इसको मिलकर मारा और खाई में फेंक दिया इनकी निशादेही पे अरमान का शव बरामद हुआ है सारी चीजें जो इसकी छुड़ाई गई थी लूटी गई थी वो बरामद हो गई तीनों आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया है पूरी इसमें तीन सौ दो धाराएं भी लगाई गई है